फिर छत ऐसी इशारा करना है इस दिल को आवारा करना है सब जख्म पुराने सूख गए मुझे प्यार दोबारा करना है तेरा ता लम्बे आ लम्बे कटे तेरे संगे आ संगे